गायजार बचपन में आपने इस इंजन को बहुत बार देखा होगा ये जो इंजन है गाय इस जार इस तार से बिजली ले और इस तार का रिपेयरिंग कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जी हाँ अब देख सकते कि सारे वर्कर जो है इस तार के रिपेयरिंग में लगे हुए हैं ऊपर ये के हाँ ऊपर में सारे वर्कर लगे हुए हैं तो चलिए मैं आपको इस चीज़ को नज़दीक से दिखाता हूँ जी हाँ दोस्तों चलिए मैं आपको और ये जो आवाज़ अभी निकला है ये आवाज़ जब बचपन में निकलता था ट्रेन के पास में रहता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर जा लगता है लगता था लगता अभी भी लग गया और लगता था अभी तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तार का जो रिपेयरिंग है वो तो किस तरह से होता है चलो मेरे साथ। गाजर आपको जहाँ भी पोल दिखते होंगे ये इंजन जो है वहाँ पर रुकती है उसके बाद वहाँ से ये जो ऊपर तार लटका हुआ है वहाँ पर इस तार को टाइट किया जाता है जी हाँ दोस्तों धीरे ये जो ट्रेन है वो आगे बढ़ेगी तो पोल के सामने रुकेगी तो फिर वहाँ पे जो है तार को जो है वो टाइट किया जाएगा चलिए देखते हैं आगे रुक के भी मज़ा आ रहा है चलो बराबर से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो कर दिया और हाँ मुझे कमेंट भी कर देना कि इस तरह का वीडियोस हमें बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए आपने जैसा हुआ कि जो तार था वो टाइट किया है सारे वर्कर्स ने और जो है टेंशन वो आगे चला गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है ये देखिए तो नट नट टाइट करते होंगे तो वहाँ पे ऑयल भी सेट डालते हैं चलिए तो पे आप यही प्रोसेस दोबारा कर रहे हैं यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो तार ढीला पड़ जाता है गर्मियों में या फिर ट्रेन जब गुजरती है तो तार जो है वो थोड़ा बहुत ढीला हो ही जाता है होगा तो उस चीज़ को यहाँ पे सारे वर्कर जो है वो रिपेयरिंग करें नजदीक से दिखता हूँ इस चीज को देखने में हमें बहुत मजा आता है आप लोगों को भी बहुत मजा आता होगा लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता होगा इसका जो रिपेयरिंग का काम है वो किस तरह से किया जाता है मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जो कि मुझे काफी ज्यादा मज़ा आ रहा है इस को देखने में मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या होता है यार इस तरह से जो काम है ये चलते ही रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आपका भी हाथ जो है वो चलते रहे तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर कर दिया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ मैंने दिखाया ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा फर्स्ट टाइम देखा होगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा तो काफ़ी अच्छा लगा इस देखने के बाद तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ तब तक चले जय हिंद जय बा